अभी अपने को इस ग्रीन स्क्रीन को वीडियो में ऐड करना है तो उसके लिए अपने पास कोई सा भी एडिटर हो उसमें पी, पी मोड दिखेगा पी, पी पे क्लिक करने के बाद आपके पास जहाँ पे भी वो क्लिप हो उसको सेलेक्ट करना मेरे यहाँ पे मटेरियल इन में मटेरियल में ये मिल जाएगा तो इस पर मैंने क्लिक कर लिया क्लिक करने के बाद जो ये ग्रीन सा आ रहा है इसको अपने को रिमूव करना है तो इसके लिए आपके पास कोई सा भी एडिटर हो उसमें दिखेगा आपको क्रोमा ये जो क्रोमा है इस पर सेलेक्ट करना है सिलेक्ट करने के बाद ये जो इसमें स्टार एक प्लस का सा आइकन दिखेगा उसको अपने को ऐसे चारों तरफ बैकग्राउंड में सेलेक्ट करना है ताकि पीछे का बैकग्राउंड दिख जाए और केवल ये सब्सक्राइबर वाला ये जो बटन है बस केवल ये इतना ही दिखेगा और बाकी ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो जाएगी थोड़ी बहुत बच जाती है तो उसको आप ऐसे सेलेक्ट मतलब सेट कर सकते हो उसके बाद इसकी अपने को पोजिशन और इसकी साइज़ वग़ैरह अपन इस प्रकार से सेट कर सकते हैं जो अपने को वीडियो में इस प्रकार से चलता हुआ दिखेगा अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब